बीजेपी वाले यार शुरू से ही ना मतलब लोगों को भड़काने का काम करते हैं और करते रहेंगे अब देखिए हुआ क्या कि भैया केजरीवाल जी के खिलाफ ना एक न्यूज चल रही है मतलब न्यूज चैनल्स में ना लगातार ही चले जा रही है केजरीवाल जी ने 45 करोड़ का बंगला ले लिया उसको कह रहे हैं शीश महल शीश महल ले लिया है ना तो मतलब यार पता नहीं इनको क्या दिक्कत क्या हो रही है यार सारे न्यूज चैनल वाले पीछे पड़ गए बीजेपी वाले धरना लगा के बैठ गए के केजरीवाल जी ने 45 करोड़ का बंगला ले लिया मतलब ये भ्रष्टाचार है ये वो अरे भैया केजरीवाल पढ़े लिखे पर सीएम है पढ़े लिखे वो मुख्यमंत्री है ठीक है अगर उन्होंने लिया भी है ना तो किसी वजह से लिया होगा तुम्हारे मोदी अबू की तरह नहीं है की बारह करोड़ रूपये का अपना आलिशान ऑफिस ले लिया बारह करोड़ रूपए का अपना एयर जेट ले लिया बारह करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी ले ली और जो भाई साहब जनाब आपके अबू जी जो सूट बूट पहनते हैं दस लाख का तो सूट ही है और उसको नीलामी में बेचते हैं तो डेढ़ डेढ़ करोड़ का वो बेचते हैं अपने सूट को तो भैया ये अगर उन्होंने कुछ करा है केजरीवाल ने तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है अपने अब्बू मोदी की तो तुम कोई खबर दिखाते नहीं हो कि तुम्हारा अब्बू क्या करता फिर रहा है अपना शैल कंपनीज खोली हुई है सारा देश को बेच बेच के खुद पैसे खा रहा है तुम्हारा अब्बू मोरिशियस कंट्री में अपने नाम से इतने बड़े बड़े बिजनेस खोले हुए है उसकी फोटेज तो तुमसे कवर नहीं होती है जाओ ना मोरिशियस कंट्री में वहां की फोटेज दिखाओ ना अपने अबू की जय हिंद जय जै भारत